काइंट मास्टर की सेटिंग के बारे में आपको पता नहीं होगा हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में तो इस वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर की कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए शुरू करते हैं और काइन मास्टर की पहली सेटिंग में आपको बता देता हूँ तो जब भी आप काइन मास्टर में वीडियो एडिट कर रहे होते हैं तो वो वीडियो छोटी स्क्रीन में प्ले होती है लेकिन अगर आप जो वीडियो एडिट कर रहे हैं उस वीडियो को पुलिस स्क्रीन में प्ले करना चाहते हैं तो काइन मास्टर में जो आपको वीडियो प्ले करने का बटन मिलता है इस बटन को आपको दबाकर रखना है तो जब आप इस बटन को दबा कर रखेंगे मतलब आप इस बटन को होल्ड करेंगे तो जो भी वीडियो आप एडिट कर रहे हैं वो फुल स्क्रीन में प्ले हो जाएगी तो क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था मुझे कमेंट में जरूर से बताना तो चलिए आगे बढ़ते हैं और काइंड मास्टर का दूसरा सेटिंग में आपको बता देता हूँ तो जब भी आप काइंट में कोई वीडियो एडिट करते हैं तो काइंड में जो भी वीडियो आप एडिट करते हैं और उस वीडियो के कलर को आप एडजस्ट करते हैं तो कलर एडजस्ट करने के बाद आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे अप्लाइट ऑयल का ऑप्शन मिलता है तो जैसे मान लीजिए आप एक लेयर का कलर एडजस्ट कर लेते हैं और वो जो कलर आपने एडजस्ट किया है अब अगर आप उसी कलर को सभी लेयर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई टू वाल पर दबा देना है तो जब आप इसे अप्लाई टू वाल पर दबा देंगे तो बाकी सारी लेयर का कलर अपने आप एडजस्ट हो जाएगा आपको अलग अलग लेयर का कलर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो जब भी आप काइंट मास्टर में कोई विडियो एडिट करते हैं और आप उस वीडियो की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ाने के बाद वीडियो की आवाज बच्चे जैसी हो जाती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे है हैं हैं टेक्निकल चलिए शुरू करते लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं कि आपकी वीडियो की आवाज बच्चे जैसी हो जाए तो जब भी आप काइंड मास्टर में कोई वीडियो एडिट करते हैं और आप उस वीडियो की स्पीड को बढ़ा देते हैं वहाँ आपको नीचे की साइड में दो ऑप्शन मिलते हैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं एक ऑप्शन है म्यूट ऑडियो तो ये जो पहला ऑप्शन है इस पर दबाने से तो आपकी वीडियो की आवाज़ बंद हो जाती है अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो आपकी वीडियो की आवाज़ बंद हो जाएगी लेकिन आपको नीचे यहाँ एक और ऑप्शन मिलता है कीप पिच के नाम से तो अगर आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ाने के बाद इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो आपकी वीडियो की आवाज़ बच्चे जैसी नहीं होती है मतलब इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद अगर आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ाने के बाद भी आपकी वीडियो की आवाज बच्चे जैसी नहीं होगी तो अगर आप काइंट मास्टर से वीडियो एडिट करते हैं तो ये मेरी बताई गई टिप्स आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है इससे आपको वीडियो एडिट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी